भाई यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहे हो अरे भाई ड्रीम इलेवन पे टीम बना रहा हूँ वाह भाई तू तो करोड़पति बनने वाला है भाई कितने का लगाया हाँ भाई पूरे उनचास रुपए लगाए हैं मैच में रुपए। वाह भाई वाह काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वाह भाई वाह तो तुम्हें पति बनने ऐसी कोई नहीं रोक सकता लेकिन भाई मुझे राजेश अंजलि का पति होने ही नहीं दे रहा है करोड़पति क्या बनने देगा अभी यार ये अंजलि कौन है अरे तुम्हारी होने वाली भाभी है भाई अकेले अकेले सेटिंग कर ली। और हम दोस्तों को बताया भी नहीं बड़े मतलबी इंसान हो यार अरे नहीं भाई लोग हम दोनों ड्रीम इलेवन पे टीम बना रहे थे तब मिले थे और प्यार हो गया तुम लोग गजब के आदमी हो शंका करते हो पूरी बात तो बताता हो तुम लोगो को तो ये राजेश बीच में कहा से आ गया अरे राजेश को नहीं जानते राजेश अंजलि का बाप है वो तो राजेश तुम दोनों का शादी नहीं होने दे रहा है क्या बोलो भाई उठा ले अरे भाई उसके बाप ने शर्त रखी है जब तक मैं करोड़ पति नहीं बनूंगा तब तक अंजलि का भी पति नहीं बन पाऊंगा खड़ूस बुढ़ा मरेगा भी नहीं और मेरी शादी भी नहीं होने देगा देव घर वाले उठा ऊपर वाले उठा ले, ए ए भाई भाई उठा ले।, ले। तेरा दिन बाद पूरी मिलेगा हम दोनों मिलकर खाएंगे यहाँ भाई तू आज करोड़पति बन जाएगा बस एक बार मैच तो शुरू हो जाने दे भाई अब इसी मैच का भरोसा है अगर मैं जीत गया करोड़पति बन गया तो अंजलि क्या मैं साक्षी सुमोना मोना बाबू सोना सबका पति बनूंगा भाई बस मुझे करोड़पति बन जाने दे मैच जीत जाने दे एक बार अरे यार मैच कब तो अरे भाई इतना गुस्से में का रहे हो आओ शुरू हो गया देखो टाइमेंट ले तेरा तो रुप है बन चुका तू करोड़पति अब तेरा तुम्हारा टूट जाएगा बन चुका तू अंजलि का पति। भगवान ये तू मेरे साथ क्या कर रहा है? भगवान जिता देरी दे दे। भा... भाई मार, जल्दी से मार भाई भाई भगवान तेरी नहीं सुनेगा सीते भाई अंजलि की बात हो रही है अब भगवान क्यों नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा भगवान क्यों नहीं सुनेगा उसको सुनना पड़ेगा भाई मैं एक सौ एक रूपए का चढ़ावा दूंगा प्लीज सुन लियो भाई भगवान खुद ड्रीम इलेवन पे टीम बनाकर पैसे कमा रहा है साला तभी मेरे हिस्से का पैसा मुझे मिलता ही नहीं ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अरे भैया बर्बाद हो गई लीज क्या हुआ भाई अरे भाई मेरे को करोड़पति नहीं बनना है भगवान बस मुझे उनचास रुपए वापस कर दे मुझे करोड़पति नहीं बनना है मेरा 50 रुपए भी चला जाएगा बेटा तुम्हारे उनचास रुपए भी गए अब तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है क्या भाई जल्दी जल्दी बताओ भाई जल्दी से बताओ अगली बार फिर से टीम बनाना और फिर से पैसे लगाना भाई मेरे साथ तू तो मजाक कर रहा है मजाक करता है मेरे साथ तू मजाक करता है मजाक तो तेरे तेरी जिंदगी कर रही है हम सब तो बस तुम्हे राहत दिखा रहे हैं अरे भाई तुम दोनों जाओ यहाँ से यार क्यों में नमक छिड़क रहे हो भाई नमक भी कितनी अच्छी चीज है लोग अपने ज्ञान मत दो समझे बेटा तुम अपने भविष्य पर ध्यान दो कोई ड्रीम इलेवन खेलने से करोड़पति नहीं बनता करोड़पति जरूर बन जाता है चले थे अंजलि का पति बन ले देखो तो चमका दर है तुम ही दोनों मनहूस हो जब से आयो तब से मेरा घाटा ही हो रहा है तुम्हारी वजह से आज करोड़पति बनने से मैं रह गया। रुपए भी मेरे चले गए। जाओ अपना कर काम करो। चलो हम लोग हैं समय बर्बाद कर ड्रीम इलेवन खेलने चला है एक पैसा जीता नहीं भी देखो पैसा बना रहा है। नहीं। समय बर्बाद